सो so, हेलो मैं और आपका फिर तो से स्वागत है चैनल आई टैक यानी टैलिक टैग जो की टैलिक कर देता है बी आर टैग यानी एक ब्रेक टैग जो अगले राइन पे आ जाता है कोई भी चीज का उसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग जो कि इसे बोल्ड कर देता है एम टैग थोड़ा स्टाइलिश कर देता है मार्क टैग इसे मार्क कर देता है या आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब आगे, अब आगे, आगे हम देखेंगे small tag. अभी small tag से आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ जैसे यहाँ पर ये लिख लेता हूं और जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा उसके बाद यहाँ पर मैं एक रैमडम मतलब एक नॉर्मल लिख लेता हूं पैराग्राफ टैग से पैराग्राफ टैग अब मैं जैसे ही पैराग्राफ टैग लगा दिया मैं यहां पर लिख दूंगा आ, कुछ भी लिख देता हूं मैं अब जैसे मैं इसे सेव करते रन करूंगा ओपन इन ब्राउज़र करूंगा तो ये देखिएगा तो गैस ये देखिए यहां पर आपका स्मॉल थोड़ा छोटा है लेकिन यहां पर ये बड़ा है अब इसको आ, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर कुछ हो गया है यहां पर क्योंकि इधर ये दूसरे रैन पे कैसे आ गया पता नहीं जैसे भी आ गया लेकिन आप देख सकते हैं ये तो स्मॉल है ये तो बड़ा है और जैसे मैं यहाँ पर इसके बजाय मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ बिग टैग अरे बिग टैग सिंपल जैसे स्मॉल टैग स्मॉल रहता है बिग टैग बिग रहता है वह इसमें कोई दीप नहीं है इस तो जैसे कि मैं इसे क्रॉस कर लेता हूँ तो ये ये ये बिगर है, है ये उससे अब जैसे मैं इसे बंद कर देता हूँ उसके बाद जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पर आपका आता है उसके बाद डिलीट टैग अभी डिलीट क्या करता है जैसे आप कोई भी चीज को मतलब आप रब करना चाहते हैं और आप पेन से लिखे तो आप क्या करोगे उसके पास आप लाइन खींचते हैं जैसे कि मैं माना की आपको जैसे मैं पर ये लिख रहा हेलो हेलो गाइस अब गैसे मैं यहाँ पर हेलो यह लिख गाइस लिखता हूं सो so गाइस यहाँ पर मैं देखता हूं कि मैंने यहाँ पर गलती से जैसे मैं एच की जगह पर मैं यहाँ पर एम बना दिया अब मैं इसको क्या करूंगा मैं इसको ऐसे करूंगा ऐसे ऐसे थोड़ा ना करूंगा इसे गंदा तो देखेगा ना इसे मैं इसे एक लाइन से काट दूंगा तो इस तो मैं एक एक तस्वीर से डिलीट कर लूंगा वैसे ही होता है डिलीट टैग। अब आप जैसे ही आप इसे डल लिख के इसे यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं तो ये देखेगा इस। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर आप लिख देते हैं स्ट्राइक जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्राइक यहाँ मैं सी भी लगा देता हूँ नहीं ये अब उस वक्त मैं इसे जैसे सेव करूंगा और इसे ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूं गैस। तो यानी ये देखिए पर स्ट्राइक आ गया यार ये एक लाइन से काट दिया एक तरह से डिलीट कर दिया तो गाइस आज के लिए बस इतना ही मैं हूं एसके और आप लोग देख रहे हैं एसके पी इन वन तब तक के लिए बबा और हाँ एक्सली मैं एक नोट्स के लिए आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नोट्स खो लेता हूं। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर अपना इस नोट्स पे आ जाता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा अपने कंटेंट में चले जा जाता हूँ और इधर से क्लिक कर लेता हूँ इस पर तो गाइस जैसे आप देखिए जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा और जो मैं नीचे में आपको लिंक दिया था उसे मैं जैसे ही तो ये देखेगा गाइस यहाँ पर ओपन हो गया तो आपको सिंपली बस यही करना है आपको लिंक को ओपन कर लेना है और कुछ नहीं करना आपको बस उस लिंक पर क्लिक कर लेना है और ओपन हो जाएगा लेकिन लेकिन यहां पर अब आपको देखेंगे कि यहाँ पर लिखा ये तो पहले चैप्टर का हो गया नहीं जो आपका मैं पहले पढ़ाया था उसको भी मैं में इसी में मर्ज कर दिया है इसलिए आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तब आपको वो चैप्टर मिल जाएगा अब इससे क्या होगा कि आपको अगर चैप्टर वन नो का नोट चाहिए तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस वीडियो में जाए इसी में मिल जाएगा तो एक तरह से आपका फायदा हो गया तो आज के लिए बस इतना ही मैं हूँ एसके और आप देख रहे में